आसमानी जादू है या एलियन का एहसास या कोई आसमानी आपद अचानक आसमान में अजीब सी आकृति दिखने से लोग हैरान हैं। उन्होंने इस आसमानी आकृति की फोटो ली और वीडियो बनाया लेकिन अभी तक इस आकृति को लेकर वैज्ञानिकों की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है विज्ञान समझ आता है लेकिन कुदरत के करिश्मे नहीं कुदरत के करिश्मे हमेशा अचरच में डाल देते हैं हमारी आंखों के सामने कई बार ऐसी चीजें आती हैं जो हमें हैरानी में डाल देती हैं। मध्य के कई जगह आसमान में एक अजीब सी चमकदार छड़ी जैसी आकृति नजर आई जिसे देखकर हर कोई हैरान है यह आकृति लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है इसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई खगोलीय घटना आसमान में हुई है लोगो ने इस आकृति का वीडियो बनाया इसे लेकर अभी तक वैज्ञानिकों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है वो खबरें जो आपके काम की है